हर दिल पर कबूर रख बाबू मन मनबैल के रास धर आ लपक जन हरिहर अपना खेत कस खे करो लपक जन हरिहर अपना खेत कस खे करो दिल पर कबू रख बाबू दिल पर कबू खा बाबू मन मनबै लाख रास धर लपक जनहरी हरिहान कर अपना खेत कयास कर लपक जनहरी हरिहान कर अपना खेत के करो। ना भी नाभि नहीन सुखल बाबूआ नभिनाय ना बही सुखल बबुआ बिया खड़ा हर के निनय बही सुखल बबुआ बिया बोआ खड़ा हर के गोड़ धरे के लूर लूरना बही बात बोले लो जर के गोड़ धरे के लूर ना बही बात बोले लो जर के ये उमर के उम्र हिछलहरिक उम्र हिछलहरिक एकर जन विश्वास कर लपक जनहरी हरिन कर अपना खेत के याद करो यपक कर जन हरिहन कर अपना खेत के याद करो दिल पर काबू रख बाबू करू रख बाबू मनबैल के रास करप कन हरी हरिन कर अपना खेत के आस करपक जनहरी हरिन अपना खेत के कर राम से सीख कृष्ण से सीख सिख हनुमत के भक्ति से राम से सीख कृष्ण से सीख सिख हनुमत के भक्ति से राम से सीख श्याम से सीख सिख हनुमत के भक्ति से राम से सीख श्याम से सीख सिख हनुमत के भक्ति से गणेश जी के गीता पढ़ल गणेश जी के गीता पढ़ लामायण में वास कर लप कन हरिहर कर अपना खेत के करो। कर करो कज जन हरिहर अपना खेत के कयास करो दिल परी काबू रख बाबू हो बाबू मनबैल के रात लपक जन हरिहर अपना खेत के आद कर लपक जन हरिहर अपना खेत के आज करो